Hola Hola सुनता है तो भाई साहब आप आशिफ कांडला का नाम भी लिखनी होता कमती गांव नहीं भाई ये बीरा, मैं एक बार पहले भी बोल चुका हूं गांव अठवारा ये आपकी मोटरसाइकिल के पास हूं जब आपका इंतजार कर रहे हैं कोई ठीक है जो तो मंच के सामने रहने आप लोगों को कई बार कह लिया प्लीज आप और फोन कर दो बहुत बढ़िया काम हो गया उनको तो सारा आप और श्रेय कर दो जो मंच के सामने साथ रहेगा तो बैठ जाओ जो मंच के साथ रहेगा तो बैठ जाओ आप या फिर पीछे आ जाओ। जितने भी जो मंच के सामने हैं प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है अनुरोध आपसे जो मंच का आप पहलवान आप ब्लेंस आप ऐसे कौन करोगे भाई नीरू पहलवान और गांव है पहलवान का ब्रंज पर खेरी और ये बीएसएफ में कार्यरत है ये एक बार डोल के माध्यम कबड्डी डाली नीरू पहलवान गांव बुलंदपुर केरी जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करो पहलवान का हमारे क्षेत्र के बहुत अच्छे पहलवान है ये नीरू पहलवान और ये बता चुके हूं प्लीज आप इसका मतलब दंगल में सहयोग नहीं करना रहे जो मंच के सामने हैं आप लोग इसका मतवल दंगल में सहयोग नहीं करना रहे ऐसा मत करो प्लीज आप बढ़ जाइए या तो साइड में बैठ जाइए या आपके अंदर सब ताली है या आप ऐसा में आप राजी नहीं है आप साइड में प्लीज मैं वो से अनुरोध करता पार कर हूं मैं बार बार अनुरोध कर लिया मैंने आप साइड में हो जाइए प्लीज हे पहलवानों ये दोनों तीनों पहलवान हे पहलवान पहलवान ये बोलना इस पहलवान को भाई ऐसा तुम करोगे तब नहीं हो जाए साइड में हो जाओ हे पहलवान साइड में हो जाओ साइड में हो जाओ साइड में हो जाओ भाई सभी धोखाऊंगा साइड हो जाओ hero the police zabardast niche mar jao niche mar jao